बसमिल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा आपको फार्मूला देने जा रहा हूं इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप इस फार्मूले पे भी अमल नहीं कर सकते ना तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा लोग मुझसे शिक्वे शिकायतें करते हैं कि सर आप हमें फ्री में टाइम नहीं देते सर आप हमें कोच नहीं करते सर आप हमें जो है वो गाइडलाइनस नहीं दे रहे यार ये वीडियोज़ जो हैं मेरी तकरीबन सिक्स से ज़्यादा होने वाली हैं वीडियोज़ करीब करीब है उसके अब देखो यार ये सारी वीडियोस बनाने में मुझे कितना वक्त लगा कितनी एनर्जी लगी कितना एफर्ट लगा कितना पैसा लगा ये सारा कुछ लगा ये किसके लिए लगाया ये सिर्फ आपके लिए लगाया अगर मैंने यूट्यूब से ही पैसा कमाना होता सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं इससे बेहतर कंटेंट या कोई ऐसा वायरल कॉन्टेंट भी चूज कर सकता था लेकिन यही सोचा कि यार जिससे इंसानियत की मदद हो सके अब इस इंसानियत की मदद से मैं खुद एक बहुत ज्यादा जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार अगले बंदे को भी अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं थोड़ा सा जैसे फिर आप शिकवा शिकायतें करते हो को कि कोई हमें नहीं समझता तो फिर आप भी तो नहीं समझ रहे यार मुझे अगर किसी को फ्री में टाइम नहीं दे तो वो नाराज़ होना शुरू हो जाता है वो परेशान हो जाता है नहीं भाई हम मुश्किल में अभी हम फ्री में टाइम नहीं दे पा रहे अभी नहीं दे सकते ट्राई टू तो अंडरस्टैंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल है बड़ी ही आसान वीडियो मैंने बनाई है लोगों की अक्सल कंप्लेन चलती थी कि जी आप हमें जो है वो कुछ आसान सा बताएं अब इससे आसान मेरे से ख्याल से मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने लाइफ को जीतना है हमने जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारना है और ये आपने करना है मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूं उसे सीखना आपने आप दो तरीके से सीखते हो या तो खुद ही सीख जाओ या फिर आपको यह जो सोसाइटी यह जो इन्वायरमेंट है ये आपको सिखाए अगर इन्वायरमेंट आपको सिखाएगा तो फिर दो बातें होगी सिखाएगा भी और साथ में आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा तो बेटर इज़ दिस के यार बिफोर जुर्माना जो है ना वो अदा किए बग़ैर ही आप अपनी ज़िंदगी को बदल लो हमारा हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमने एक ऐसी लाइफ गुजारनी है कि जो बैलेंस लाइफ हो जो बेहतरीन लाइफ हो जो एक अच्छी आइडियल लाइफ हो जिसमें हम लोगों से भी मिलें हम घर से बाहर भी निकलें हम सब साथ अच्छे से रहें हमारे दोस्त भी हों हमारी कम्यूनिटी भी हो हमारे घर वाले भी अच्छे रहें और सबसे बड़ी चीज़ हमारे इनर पीस हो हमारे फाइनेंशियल जो है वो भी हालात अच्छे हों लेकिन यार अभी मैं ख़ुद भी फाइनेंशियल की तरफ एक वीडियोस बनाना चाह रहा था उसकी तरफ एक सिलसिला आ रहा था कि मतलब सोच रहा था कि यार ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर जो हमारा कोर्स यानी कि जो वीडियोस हमारी बनी हुई हैं उनको हम मज़दीद जो है वो पॉलिश करके जो है वो कॉन्टेंट रेडी है उसको हम करें लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग यहीं से ही, आ, अपने मदद ही नहीं कर रहे तो यार हम यहां से निकलेंगे तो हम आगे कुछ सोचेंगे ना सो so, प्लीज़ यार आप लोगों को कोशिश करनी है और खुद कोशिश करनी है तो ही आपकी ये जिंदगी बदलनी है अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप इस चैनल पे मोर देन वेलकम अगर आप कोशिश नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्जी आपकी जिंदगी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अगर मैं किसी को कहता हूं ना कि यार हमने एक टाइम सेट करना है कि हमने वॉक भी करनी है एक्सरसाइज भी करनी है हमने जिम भी जाना है हमने घर में भी एक्सरसाइज करनी है हमने नमाज़ भी पढ़नी है कुरान भी पढ़नी है पढ़ना है एक्सरसाइज के साथ साथ हमने लाइक बुक रीडिंग की आदत भी बनानी है अच्छी कम्युनिटी भी बिल्डअप करनी है लोगों से भी अच्छा रवैया करना है अच्छा ये सारा कुछ मैंने करना है और ये मैंने कब तक करना है दूसरा सवाल ही बनता है एक तो सारा कुछ करना है दूसरा कब तक करना है और ऐसे इंसान सोचता है कि जैसे वो एक बहुत बड़ी रूटीन को अपने ऊपर डाल रहा है और उस रूटीन के अंदर वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो उसको कैद समझ के अपने आप को उस कैद में कैद कर रहा है पहले तो इस मैंटालिटी को बदलें आप खाना सारी जिंदगी खाते हो आप चलते फिरते हो सारी जिंदगी चलते फिरते हो काम करते हो ना सारी जिंदगी करते हो तब आप क्यों नहीं कंप्लेन करते आप नेटफ्लिक्स देखते हो सारी जिंदगी देखते हो आप कोई लाइक फनी वीडियोस देखते हो सारी जिंदगी देखते हो आप शुगल मिला तो सारी जिंदगी कर रहे हो आप खाना सारी जिंदगी खा रहे हो मजे मजे की आउटिंग कर रहे हो वो सारी जिंदगी कर रहे हो उस पर क्यों नहीं एतराज कर रहे मोबाइल इस्तेमाल करने पे क्यों नहीं एतराज़ कर रहे हैं? सिर्फ वो काम नहीं करना जो प्रोडक्टिव है और उस पर एतराज करना है और ये सोचना है कि ये मैं करूँगा तो कितनी देर तक करूँगा प्लीज़ चेंज दिस माइंड आपको पता है मैं आज भी उठता हूँ मैं आज भी मुझे भी ठंड लगती है सुबह उठता हूँ वॉक करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ आज मैं आपको एक वन स्टेप फार्मूला देने वाला अगर आपने इस वन स्टेप फार्मूले को फॉलो कर लिया ना बली मी मैंने तकरीबन साढ़े साल और तकरीबन इससे ज्यादा पांच साल के करीब मैंने अपनी जिम की आदत को मेंटेन किया है कि मैंने जिम जाना मैंने जिम की आदत जाने के लिए मैंने पांच साल लगा दिए तो आज ये जो फार्मूला होगा ये वन स्टेप फार्मूला होगा आप सबसे पहले तो वादा करें कि मैं जो बातें आपको कहूंगा हंड्रेड एंड आप इन बातों पर अमल करेंगे और कुछ ही दिनों में आप अपनी जिंदगी बदलते देखेंगे बट प्लीज इसको अपने फॉर लाइफ कॉन्टिन्यू रखना है आप ये बात याद रखिएगा जल्दी सोना जल्दी उठना है अगर यह नेचर का लॉ है आप कोई चीज चाहकर भी नहीं बदल सकते वो नेचर का लॉ होता है कि आप उसको चाहकर भी नहीं बदल सकते मैं भी जल्दी सोता हूं जल्दी उठता हूं मैं भी वक्त पे खाना खाता हूं मैं जिम जाता हूं रोजाना मैं एक्सरसाइज करता हूं रोजाना घर में भी एक्सरसाइज करता हूं मैं रोजाना तकरीबन कोशिश करता हूँ दो घंटे से ज्यादा मैं वॉक करूँ हाँ मैं करता हूँ अगर मैं ये सोचू कि मुझे तो वॉक क्यों करनी है यार एक दिन कर लूँ नहीं तो मैंने खाना भी तो खाना ना उस दिन मैंने सोना भी तो है इंसान है ना एक पैटर्न में है एक रूटीन में है जैसे ही पैटर्न से हटेगा वैसे ही वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा हमने किन चीजों पे फोकस करना है उन चीजों को हमने तोड़ मरोड़ के इतना आसान कर लेना है कि वो हमारे लिए आसान से आसान हो जाए सबसे पहली चीज ये नमाज और कुरान की आदत बनानी है एक बिलीफ सिस्टम हमने डेवलप करना है दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पावर है ना वो बिलीफ की पावर है वो यकीन की पावर है आप छोड़ दें ये बातें कि ये जी क्या हम सिर्फ नमाज पढ़ के ठीक हो सकते हैं जी हाँ आप दुनिया की हर प्रॉब्लम आप जब यूनिवर्स के साथ जब अपने अल्लाह के साथ शेयर कर देते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सर ये बातें आप मैं हवा में नहीं छोड़ रहा आप जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ सकते हैं आप डॉक्टर जोजेफ मोर्फी को पढ़ सकते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ सकते हैं आपके पास अगर टाइम है तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को पढ़ लें और इसी तरह आपको बड़ी रिसर्चेज मिल जाएंगी जो ये कहती हुई नजर आती हैं कि आपके अंदर एक वाइटल पावर है आपके पास अगर टाइम है तो रिसर्च कर लीजिएगा दूसरी चीज हमने एक प्रॉपर स्लीप का पैटर्न सेट करना है ये हमने एक दिन में नहीं करना यह हमारा गोल है तीसरी चीज़ हमने एक्सरसाइज करनी है चौथी चीज़ हमने रोजाना वॉक की आदत अपनानी है हमने गुड बुक रीडिंग की आदत अपनानी है हमने दोस्तों की कम्युनिटी को जो है वो मैनेज करना है हमने बाहर निकलना है लोगों से मिलना है हमने अपने सोशल फीवर पे काम करना है इसके अलावा घर में अच्छे से रहना है घर का इन्वायरमेंट अच्छा रखना है पूरा दिन मैक्सिमम पॉजिटिव रहना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है मेडिटेशन करनी है और हमने सदका करना है खरात करना है और हमने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी आसान करनी है फाइनेंशियली तौर पे भी और औरों की भी ज़िंदगी हमने फाइनेंशियल तौर पे आसान करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है ये है हमारे गोल क्योंकि अगर ये सब हम करेंगे ना तो हम मेंटली तौर पे अपने आप को बेहतरीन महसूस करेंगे आप इसको एक बार यार मेरे कहने पर आपने इतना कुछ किया होगा सिर्फ़ एक बार मेरे कहने पर कर करके देख लो मैं अब कसम ही खानी बाकी रह जाती है कहीं क्योंकि यार आप जब सच बोलते हो दुनिया यकीन नहीं करती फिर दुख होता है कि यार एक बार करके तो देखो एक बार करके तो देखो और जिन लोगों ने यकीन किया है यकीन के साथ किया है ऑनस्टली आप जरा मेरे चैनल पे उनके रिव्यूज पढ़ लें और कमेंट्स पढ़ लें आपको खुद ही मिल जाएगा आइडिया इतना कुछ है हमने करना है कैसे करेंगे अभी अगर आप इसको सोचेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार इतना कुछ इतना कुछ तो नहीं हो सकेगा इतना कुछ तो मैं नहीं कर सकता आप इतना कुछ नहीं कर सकते कुछ ना कुछ तो कर सकते ना सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लें ये पूरा हमारा गोल है इसके अलावा भी अगर आपका कोई गोल है ना एड ऑन कर लें उस पे रोजाना का सिर्फ एक कदम उठा लें आपने सिर्फ एक कदम जी हाँ सिर्फ एक कदम क्या आप रोजाना की एक मिनट वॉक कर सकते हैं जी हाँ नॉर्मली कर सकते हैं हर बंदा कर सकते हैं क्या आप रोजाना जो खाना खाते हैं जो टाइम हमने सेट करना है जल्दी दोपहर का खाना जल्दी सुबह का नाश्ता करना है जल्दी दोपहर का खाना खाना है जल्दी रात का खाना खाना है हेल्थी खाना है बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिर्च मसाले वाला नहीं खाना शुगरी फूड नहीं खाना और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयली फूड नहीं खाना कर सकते हैं टाइम सेट कर सकते हैं नहीं हो रहा सिर्फ एक मिनट जल्दी कर सकते हैं आसानी से हो जाएगा हमने जिम जाना है हाँ जिम जाना है बहुत देर के लिए नहीं सिर्फ एक मिनट के लिए रोज़ाना एक मिनट के लिए जाए पानी पी के आ जाए वहां थोड़ी देर बैठ के आ जाएं, कुछ भी ना करें कर लिया हमने उसके बाद आप जो है वो किसी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं जाएं वहां सिर्फ एक मिनट बैठकर आ जाएं, कोई जितने भी कामों की आपने लिस्ट बनाई है जो भी आपके अंदर आपके डर फियर, थॉट, जो कुछ भी आपका गोल है एक मिनट एक स्टेप एक कदम उसकी तरफ रोजाना आपने उठाना है और इस एक स्टेप को एक कदम को एक मिनट को नेक्स्ट सेवन डेज तक आपने उठाते रहना नेक्स्ट सेवन डेज बाद आपने इसमें एक और कदम ऐड कर लेना है इस वीडियो को आपने बार बार देखना है और बार बार इसमें एक एक कदम ऐड करते रहना है आफ्टर सेवन डेज सात दिन बाद जो आप एक मिनट वॉक करते थे अब वो दो मिनट हो जाएगी अब जो आप एक मिनट पहले खाना खाने की कोशिश करते थे अब वह दो मिनट पहले हो जाएगा जो आप सोते थे अब वो आप दो मिनट पहले सोएंगे इसी तरह आप जब नेक्स्ट सेवन डेज होंगे तो वह तीन मिनट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ ही दिनों बाद ये सारी चीजें आप कई कई घंटों भी करने को तैयार हो जाएंगे पहले बनाने में आपको आसानी से आदत बनानी है फिर वो आदत आपको जो है वो ऑपरेट करेगी फिर वो आदत आपको डायरेक्शंस देगी सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैटर्न बनाएं, उस पैटर्न को छोटे से छोटा जितना एक कदम अगर आप एक मिनट मेरा नहीं ख्याल इससे कोई शॉर्ट हो सकती है कोई चीज एक मिनट बहुत छोटी चीज है एक मिनट से स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें जो भी आपका गोल है उस गोल को सबसे पहले आप लिखें और उसके बाद इसके बाद एक और चीज रेगुलरली बेसिस पे आपने ये सोचनी है आंखें बंद करके जो भी थ्रू आउट द डे आपने काम किया उन सारों को विजुअलाइज करना है और जो आज किए हैं और जो कल करने हैं उन सब को व्यूलाइजेशन आपने करनी है आँखें बंद करके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रिलैक्स बॉडी के साथ आपने सोचना है उस स्टेट ऑफ माइंड को वहाँ लेकर जाना है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि कोई हमारा काम जो हमने करना होता है उस पर हमारा जो है वो रिएक्शन और होता है थॉट पैटर्न और होता है लेकिन जैसे ही हम सब कॉन्शियसली वो काम कर लेते हैं और रात को सोने से पहले कर लेते हैं माइंड में तो वो काम हमें करने में आसान लगता है इस ट्रिक को आपने आजमाकर ज़रूर देखना है ये बहुत जो है वो कमाल की ट्रिक है और ये वो चीज़ें यार आप इनको जब तक पैटर्न में नहीं लाओगे ना चीज़ें कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी ये ना सोचो कि ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं ये सोचो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ये सोचो कि एक इंसान जिसकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई कोई इसका हाल नहीं है उसने अपने आप पे यकीन किया और अपने बिलीव पे यकीन किया जो भी उसका अकीदा था लेकिन यार हम लोग मुसलमान हैं हमारे पास तो अल्लाह का दिया इतना स्ट्रांग यकीन है लेकिन अफसोस कि हम रिसर्च नहीं करते रिसर्च तो करो फिर देखो फिर पता चलेगा कि ये जो हम दीन लेके पैदा हुए हैं और जिसकी कभी वर्थ का अंदाज़ा हमें हुआ ही नहीं ये कितनी कीमती चीज़ अल्लाह ने हमें दे दी है जहाँ अभी भी साइंस रिसर्च मूड में है अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने बहुत सी बातें पहले ही बता दी तो आप रिसर्च करो आप खुद ब खुद ही दीन के साथ जुड़ जाओगे मैं इसलिए क्यों कहता हूँ लोगों को रिसर्च करो जैसे ही आप रिसर्च करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी हर बात आप खो आपके अल्लाह से जोड़ देगी और ऑनेस्टली मैं भी अपने रब से बड़ी रिसर्च के बाद जुड़ाऊँ वरना पहले मैं भी बड़े इफेंट दैड करता था ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है ये कैसे होगा ये क्यों होगा जब इंसान के पास नॉलेज नहीं होता ना तो उसके अंदर बहुत से सवालत होते हैं लेकिन जैसे ही उसके अंदर नॉलेज आता है वो रिसर्च करता है वो सीखता है तो बहुत से सवाल उसके ख़ुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं हम पूरा दिन परेशान रह के पूरा दिन खुद को परेशान रख के सबसे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं हमारा खाना पीना भी अच्छा है सोना भी अच्छा हर चीज़ अच्छी है लेकिन हमारी एक आदत अच्छी नहीं है ना हर वक्त परेशान रहने की आदत तो ये जो कुछ भी है ना इसकी कोई आपको वैल्यू उस तरह से नहीं मिलेगी कोई आपको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलेगा तो अपने आप को परेशान कम से कम किया करें कैसे अपनी परेशान होने की आदत को खत्म करें एग्जैक्टली exactly, जैसे आपने परेशान करने की आदत डाली थी वैसे ही खुद को परेशान करने की आदत को ख़त्म करें कोई भी थाट आपको नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर दें आसान नहीं होगा लेकिन ना मुमकिन भी नहीं होगा इन बिटवीन होगा और वो मुश्किल होगा लेकिन जैसे ही आपने ये चीज कर ली उसके बाद आपका माइंड टोटली पॉजिटिव हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे हम ओवर नाइट एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई आज कर रहा क्या कल क्यों नहीं मेरा बिलीव में पैटर्न है आप किसी भी बड़े बंदे को देख लें किसी हेल्थी बंदे को उठाए किसी बिजनेसमैन बंदे को उठा के देख लें किसी लाइफ में सक्सेसफुल बंदे को उठा कर या अपनी ही गली में किसी बंदे को उठा के देख लें जो बंदा जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो बंदा उतना ही ज्यादा जो है वो आपको चार्ज नजर आएगा वो उतना ही ज्यादा आपको डिप्रेशन फ्री नजर आएगा लाइफ के ये सारे पैटर्न्स हैं एक बैलेंस लाइफ के लिए बैलेंस लाइफ क्या होनी चाहिए उस सारी को आपने नोट डाउन करना है मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूं नोट डाउन करना है उसके ऊपर रोजाना एक मिनट काम करना है आफ्टर सेवन डेज बाद उसमें एक मिनट ऐड कर देना है जैसे ही आप कुछ दिन यह करेंगे तो यह खुद बखुद आपकी आदत बन जाएगी फिर आप घंटों भी कर लेंगे आपको खुशी देगी फिर आपके अंदर डोपिन रिलीज होगा मजा आएगा आपको इस काम को करके स्टार्टिंग में मैं एक मिनट भी वॉक नहीं कर पाता था लेकिन अलहमद लाला मैं पूरा दिन दो घंटे भी वॉक कर लेता हूँ इससे ज्यादा भी वॉक कर लेता हूँ मुझे मजा आता है मेरे मूड को अच्छा करती है वॉक तो वॉक के बहुत से बेनिफिट्स हैं जैसे जैसे आप करते जाएंगे विजुलाइजेशन करें जो काम आपने किया है और जो काम आपने करना है उसको विजुलाइज करें और जो आपने किया है उसको परफेक्टली आपने अपने अंदर अब्जॉर्व करना है और अपने आपको यह कहना है कि यह काम मैंने बेहतरीन तरीके से किया है इसके अलावा लॉन्ग ब्रीदिंग करें मेडिटेशन करें रेगुलरली बेसिस पे करें और पूरा दिन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें कुछ ही दिन लगेंगे कुछ ही दिन बाद आप देखिएगा आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस होना शुरू शुरू हो जाएंगी जो अभी आपको नहीं हो रही और ये सब आपने करना है किसी और ने नहीं, नहीं करना अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपकी ज़िंदगी आपकी मर्जी आपके फैसले फिर आपको कोई नहीं बदल सकता भाई क्योंकि आप किसी को बता सकते हो किसी को समझा नहीं सकते समझना उसने खुद ही होता है तो बाकी वीडियो का इतमाम यहीं करते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाह हाफ़